हेलो हाँ, हेलो हाँ, तो पूछी ना ना छोरा दिन में में है एक काम करे के के दे कहते थोड़ा दबा ले ले ये थे टेंशन मैं खेत में खड़े होनी इतना चिंता नहीं ने समे मिल दू बोलो तो डे बोलो मैं कूकी दिख ही राजू देख के के काम राजू, राजू भाई। हो लगा एकदम सही, तो सही ड्राइवर नहीं आ गए बैठे लीजिए नी जम्फोनी बैठे थोड़े रखे किला किला कटवा देगा ना को क्यों रोटी खा गये मूंगफली कटाई बेहतर माता तोड़ा चल छोड़ पता मूंगफली लागे है? कि मुंपुर तो बे यार डेढ़ तो कोणी तको लाग रीवे पण थोती लागे मने गाळो यो एकदम भरयो बगे नीया कर दाणे गाळो तो मैं कहूं एकदम कठो भरयो बगे इ आगे तो तो लकी दाणिया बन जाना चाहिए अबड़ा मैं तो कई दार मुंपड़ियाची करू तन्ने जेती खेत की टेंशन है नी तो आ जा बटो बैठे बैठे मारे ओडर